प्रदेश का अन्नदाता बुरे दौर से गुजर रहा है किसानों को फसल का उचित दाम नहीं मिल पा रहा जिसकी वजह से किसान अपनी उगाई फसलों को मजबूरी में नष्ट कर रहा है ताजा मामला मंदसौर का है जहां एक किसान ने अपनी लहसुन की फसल को तालाब में इसलिए फेंक दिया क्योंकि उसकी फसल का दाम एक से दो रुपए ही रह गया है प्रदेश की यह विडम्बना है की अन्नदाता को अपनी मेहनत का सही दाम नहीं मिल रहा सरकार हजार वादे करने लेकिन इससे किसान का भला होता नहीं दिख रहा यह वीडियो मंदसौर का है वीडियो में एक परेशान किसान अपनी लहसुन से भरी बोरियों को तालाब में फेंक रहा है यह यू कहे कि उसने अपनी महीनों की मेहनत को पानी में फेंक दिया किसान यह खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी में कर रहा है अब यह तालाब लहसुन से पूरी तरह सफेद दिखने लगा है वजह है किसान को लहसुन का सही दाम ना मिल पाना बता जा रहा है कि किसान को लहसुन का दाम एक रुपए से भी कम मिल रहा था जिससे परेशान होकर किसान ने अपनी पूरी लहसुन तालाब में फेंक दी प्रदेश में किसान के हालात ठीक नहीं है किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा सरकार किसानों से वादे तो बहुत करती है लेकिन जब फसल की कीमत देने का समय आता है तो किसान मंडियों के चक्कर लगाता रह जाता है उधर खरीदी केंद्रों की पॉलिसी बनाने वाले अधिकारी ए में बैठकर मनमानी करते हैं नॉन और आपूर्ति विभाग के अधिकारी अपनी मनमानी चलाते हैं ऐसा पहली बार नहीं है कि किसानों ने फसल का सही दाम न मिलने पर अपनी फसल नष्ट की हो इससे पहले भी लहसुन के भाव नहीं मिलने से किसान नाराज थे तब सरकार ने कई वादे किए थे किसानों ने पीएम के नाम ज्ञापन में लहसुन की खरीदी समर्थन मूल्य पर करने की मांग की थी लेकिन हालात अभी भी जस के तस बने हुए हैं